साई शा दुखभ जर तेरुना साईरा साई शा दुखभ तेरू तेरुना हे साई नाथ तेरे आने साइा दुख बन गया फनी सोटार टमरे पटिया है टाट है पर दुनिया से नहीं ताई तो राम साई शाम दुख भंजन तेरु नाम सई राम साई दुख भंजन तेरु नाम सुख धाम धन धा साईरा साई शान गुण धाम यश धाम हर प्राणी पर तेरी ममता है तुझ मे जैसी क्षमता है तू अपने ले लेता, तू अपने अपने ऊपर ऊपर ले ले लेता लेता जीवों साई बोल अनंत कोटि तो ब्रह्मांड नायक आजाधिराज योगिराज पर ब्रह्म सचिवानंद सदु श्री सा